हेलो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे अब अपना जो ट्वेल्थ क्लास में हमने चैप्टर शुरू कर रखा है विलियन उसका लेक्चर टू पहला लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो आप पहले लेक्चर से संबंधित संबंधित भी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं इसका लेक्चर नंबर टू लेक्चर नंबर टू में हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा मोलरता ठीक है मोलेरिटी अब हम सबसे पहले इसे ही समझेंगे तो मोलैरिटी समझने के लिए आपको बहुत ही अगर आपने पहला इसका जो लेक्चर था वो देखा हुआ है तो ये आपको बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आप समझिएगा अब हम जो इसमें समझेंगे वो इसमें हम समझेंगे मोलरता ठीक है मोलरता की डेफिनेशन हम अभी देख भी रहे थे दोबारा देखेंगे पहले मोलरता को समझ लेते हैं ठीक है अगर हमेशा अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमें वहाँ से ही डेफिनेशन समझ में आ जाएगी इसके लिए आपको याद रखना है इसके लिए हम जो सबसे शुरू में लेंगे वो हम लेंगे एक लीटर ठीक है एक लीटर में आपको बना के दिखा देता हूँ और यहाँ से ही हम इसमें समझेंगे तो यहाँ मैं जो शुरू में ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ इसमें एक लीटर ठीक है ये हमारे पास में एक लीटर है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये जो है ये हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है एक लीटर अब हम एक लीटर क्या ले रहे हैं विलियन समझिएगा ध्यान से बात कूँ जो हमारे पास में है एक लीटर वो हमारे पास में क्या है विलियन है ठीक है एक लीटर हमारे पास में क्या है विलियन अब आप पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विलियन में कितने पदार्थ होते हैं ठीक है ठीके? तो विलियन में कुल मिलाकर के कितने पदार्थ होते हैं दो एक होता है विलय और जो दूसरा होता है वो होता है विलायक ठीक है तो यहाँ विलय की बात नहीं होगी केवल किसकी होगी विलयक की और जो पदार्थ को नापते हैं जो पदार्थ को जो नापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मोल जैसे कि आप लंबाई को मीटर में नापते हैं समय को सेकंड में नापते हैं ठीक इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को भी का नापते हैं मोल में नापते हैं ठीक है तो हमें केवल ये बताना है कि एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं ठीक है आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या वो क्या बोल देते हैं मोल अर्था बोल देते हैं यहाँ विलायक से कोई मतलब नहीं है मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ हमने क्या लिया एक लीटर विलियन लिया विलियन में दो पदार्थ होंगे एक होगा विलय दूसरा हमारे पास में होगा इसमें फिलाय पदार्थ को जो नापने का मात्रक होता है वो क्या होता है मोल पदार्थ को नापने का जो मात्र होता है वो मोल होता है तो विलय का में होगा मोल में विलायक विकाह में होगा मोल में मगर यहाँ विलायक की कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है विलायक विकाह में होगा मोल में किसकी बात हो रही है केवल विलय के तो हमें केवल ये बताना है कि एक लीटर विलियन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं और एक लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोल देते हैं मोलटता ठीक है जो मोलटता वो हम डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से और इसका जो मातृ होता है वो इसका मातरक होता है मोल पड़ती लीटर कि एक लीटर में कितने मोल घुले हैं ठीक है बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी चलिए अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जिसकी डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे तो देखिए डेफिनेशन इसकी हमने ठीक इसी प्रकार से दी है एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं ठीक है यहाँ लिख रहा है कहलातियाँ ठीक है इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं अब बात करेंगे इसके मात्र की तो इसका जो मात्रक होगा वो इसका मात्रक कौन हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर ठीक है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर बात करेंगे इसके फॉर्मूले की तो मोलरता किसके बराबर होगी मोलरता बराबर हो जाएगी किसके विलाय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि एक लीटर विलियन में विला कितने मोल घुले हुए हैं सपोज करो आपको दो लीटर विलियन दे दिया गया बहुत ही आसान सा सवाल है दो लीटर क्या दिया हुआ है हमें विलियन और हमसे हमें बता दिया गया है कि जो आठ मोल घुले हुए हैं दो लीटर विलियन में ठीक है आठ मोल घुले हुए हैं किसके विय के दो लीटर विलियन में तो हमारा बड़ा आसान सा जवाब होगा हम क्या काम करेंगे ये जो आठ मोल हैं इन्हें दो से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या घुले हुए हैं चार मोल एक लीटर में घुले हुए हैं चार मोल प्रति लीटर घुले हुए हैं इसी वजह से मोलों की संख्या जो होगी वो कहाँ आ जाएगी ऊपर आ जाएगी और जो विलय की स... जो विलयन का आयतन है वो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा ठीक है तो इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला इसका बनाया हुआ है फिर हमने क्या काम करा एक फॉर्मूला हमने इसका दूसरा बना दिया है यहाँ क्या कि विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलियन का आयतन लीटर में अब देखेगा ये तो पहले फॉर्मूले में भी था विलियन का आयतन लीटर में ये निलियन का लीटर में आयतन केवल क्या चेंज हुआ है विलय का भार ग्राम में बटे विलय का तो ये बराबर होता है किसके विलय के, के मोलों की संख्या की अगर हमें किसी के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो, तो मोलों की संख्या बराबर होती है किसके विलय का भार बटे विलय का अनुभार उसका भार ग्राम में बटे उसका अनुभार इससे क्या निकल जाती है उसके मोलों की संख्या निकल जाती है आपको किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो उसके जो उसका भार है उसे उसके अनुभार से भाग दे देंगे तो उससे उसके मोलों की संख्या निकल सकती है मोलरता आपको समझ में आ गई होगी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा समझ में आ गई है तो भी वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट कीजिएगा चलिए अब पढ़ते हैं मोलरता के सवाल तो मोलरता का जो हमें पहला सवाल दिया हुआ है वो पहला सवाल है चौदह दशमलव नौ ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को पाँच सौ ग्राम जल में पाँच सौ जल में घोला गया है ठीक है इसे यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा पाँच सौ जल में घोला गया है विलियन की मूलरता की गणना कीजिए तो सबसे पहले तो हम इसमें यह देखेंगे कि कौन घुला हुआ है और किस में घुला हुआ है तो ये देखिएगा जो पोटेशियम क्लोराइड है के ठीक है को 500 सौ जल में घुला गया है अब 500 सौ जल में गोल रखा है किसे के को तो जो के है हमारा वो के ही क्या है हमारा विलय है और जो जल है हमारा वह हमारा क्या है वह हमारा विलयक है यहाँ हम एक चीज़ नोट करेंगे जो विलायक आयतन होगा वो लगभग बराबर होगा किसके विलियन के अगर हमें विलयन का आयतन नहीं दिया हुआ है तो विलयन के स्थान पर हम विलायक का आयतन ही रख देंगे इसमें मान में बहुत ही नगण्य अंतर आता है तो इस वजह से हम यह यहाँ ये यह काम करेंगे तो यहाँ जो हमें आयतन मिला हुआ है वो आयतन हमें किसका मिला हुआ है विलायक का मिला हुआ है न कि विलयन का तो यहाँ विलायक आयतन रख देंगे किसके विलियन के स्थान पर ठीक है चलिए सवाल करना शुरू करते हैं तो जो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे के का अनुभार इसमें से निकाल लेंगे तो के का अनुभार निकाल लेंगे कैसे करके निकालेंगे किसी का अनुभार निकालने के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं के जो भार होते हैं उनका योग कर देते हैं जैसे कि अब हमें निकालना है के का अनुभार तो हम क्या काम करेंगे के का भार पोटेशियम का भार प्लस सी क्लोराइड जो हमारे पास में सी है क्लोराइड उसका भार बराबर कितना जाएगा सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव तो यह अनुभार निकल के आ गया है किसका के का चलिए दूसरे स्टेप में अब हम क्या काम करेंगे अब हमें पता है हमें सवाल में दिया हुआ है कि पाँच सौ जल में के घुला हुआ है कितनी मात्रा में चौदह दशमलव नौ ग्राम इतना है ये तो अगर हम इसमें पांच से एम एल की एक लीटर लेंगे तो क्या होगा भाई एक लीटर में दो गुना हो जाएगा तो हमने कर दिया कितना एक लीटर या एक हजार एम में के की मात्रा बराबर कितनी आ जाएगी उनतीस दशमलव आठ ग्राम ठीक है ठीक है या ग्राम प्रति लीटर की हमें ज़रूरत नहीं थी तो इतना ग्राम गुला हुआ होगा किसमें में एक लीटर में अब हम देखते हैं मोलरता का फॉर्मूला हमारा जो मोलरता का फॉर्मूला है वो क्या है तो मोलरता का फॉर्मूला किसके बराबर होता है वेला का भार ग्राम में बटे विला का अनुभार गुना विलयन का लीटर में आयतन तो हम क्या काम करेंगे मान रख देंगे तो ये हमने रख दिया क्या उनतीस बटे चौहत्तर गुना एक बराबर जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा जीरो ठीक है मोल प्रति लीटर ये क्या है हमारे पास में मात्रक है किसका मोलरता का इसके स्थान इस पर हम कैपिटल एम भी लगा सकते हैं ठीक है चलिए करते हैं अब इसका सवाल नंबर दो दूसरे सवाल को देखते हैं तो जो हमारे पास में इसका दूसरा सवाल है वो बहुत ही आसान सा सवाल है पाँच दशमलव आठ पाँच ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 सौ जल में घोला गया है विलयन की मोलरता क्या होगी तो सबसे पहले देखिएगा इसमें विलयकॉन है तो सोडियम क्लोराइड इसको घोला गया है किसमें दो सौ जल में तो जल क्या है जल है विलायक और जो हमने पहली बार में लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड (NaCl) ये हमारे पास में है विलय तो हम इसमें से सबसे पहले जो हमारे पास में वैल्यू है उन वैल्यू को पुट करना शुरू इसमें से कर देते हैं चलिए इसके आंसर में लिखेंगे अब हम देखेंगे इसमें NaCl का भार कितना दिया हुआ है NaCl का भार हमें सवाल में दिया हुआ है कितना पाँच ग्राम बराबर कितना आ जाएगा पाँच ग्राम <coughs> फिर एन का अनुभार निकाल लेंगे क्योंकि इनके मान के हमें आवश्यकता पड़ेगी एन का अनुभार कितना है एन का भार आ जाएगा एन ए प्लस का परमाणु भार तो हम यहाँ क्या काम करेंगे एन का रख देंगे और CL का परमाणु भार रख देंगे हमें निकल का जाएगा सोडियम का होता है 23 और जो सी एल है हमारे पास में उसका होता है पैंतीस दशमलव पाँच जोड़ने पे आ जाएगा हमारा अट्ठावन दशमलव पाँच ये हमारा अनुभार निकल के आ गया है किसका एन का और यहाँ हमें आयतन दिया हुआ है किसका विलायक का तो हम यहाँ विलियन के आयतन के बराबर मान लेंगे इसे ठीक है तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें क्या विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है हमें विलियन का आयतन तो यहाँ जो हमें विलियन का आयतन मिला हुआ है वह हमें मिला हुआ है दो सौ लीटर में चेंज करने के लिए एक हज़ार से भाग देंगे हम इसे ठीक है तो एक हज़ार दो सौ पचास बटे एक हज़ार बराबर कितना जाएगा वन बाई फोर लीटर एक बटे चार लीटर हमने लीटर में चेंज कर लिया अब हमें फॉर्मूला पता है ठीक है तो मोलरता किसके बराबर होती है मोलरता बराबर होती है विलय का भार ग्राम में कितना है पाँच ग्राम बटे विलय का अनुभार, अनुभार कितना है अट्ठावन और गुना में आता है इसके कौन विलायक का आयतन लीटर में तो ये जो चार है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 10 और 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना लगा जाता है हमारे पास में 4 बाई टेन और इक्वल टू 0.4 लीटर ये हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर ठीक इसी टाइप से आपको इसके और भी सवाल करने हैं जो दो तीन सवाल मैं आपको अभी इसमें दूँगा ठीक है देखिएगा इसका जो अगला सवाल है वो ये है ग्यारह दशमलव सात ग्राम सोडियम क्लोराइड को पाँच सौ एम जल में घोला गया है विलयन की मोलरता क्या होगी तो ये सवाल चलिए इसे भी खुद ही कर देते हैं फिर जो अगले एक दो सवाल होंगे उन्हें आप करके देखिएगा तो यहाँ जो हमारे पास में सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ भी हमारे हमें कौन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड एन ठीक है तो यहाँ हम सोडियम क्लोराइड लिख लेंगे इसमें एन का आभार सवाल में कितना दिया हुआ है एन का आभार जो हमें मिला हुआ है वो हमें मिला हुए हैं 11.7 ग्राम ठीक है और अभी अभी हमने सवाल में निकाल लिया था NACL का अनुभार तो कितना निकल के आया था भाई अनुभार निकल के आया था हमारे पास में अट्ठावन ये निकल के आया था हमारे पास में अट्ठावन दशमलव अनुभार निकल के आया था इसका और यहाँ जो हमें आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 सौ तो हम यहाँ इसमें लिख लेंगे विलियन का आयतन ठीक है यहाँ जो ये उस लिखा हुआ है ये उस नहीं है गलत आ रहा है ये क्या लिखा हुआ था उसकी जगह ये लिखा हुआ था ml ठीक है तो यहाँ हमारे पास में ये हो जाएगा विलियन का आयतन तो यहाँ विलियन का आयतन कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 500 ml ठीक है अब हम क्या काम करेंगे ये जो हमारे पाँच सौ मिला हुआ है इस पाँच सौ को यहीं साथ के साथ ही लीटर में चेंज कर लेंगे तो 500 को हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा कितने से वन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा वन बाई टू एक बटे दो लीटर अब हम इसमें क्या काम करेंगे मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे जो मोलरता का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है वो होता है विलय का भार बटे विलय का अनुभार और गुना में आ जाता है हमारे पास में विलयन का लीटर मायतन अब अगर मैं एक बटे दो तो नीचे रखता तो दो कहाँ चला जाता ऊपर ठीक है इससे क्या काम करेंगे इसे इस काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा पाँच बार कितना आ गया दो बटे डिवाइड करेंगे तो पाँच से दो को तो कितना जाएगा 0.4 ठीक है और 0.4 मोल प्रति लीटर इस टाइप से ही हमारा तो चलिए अब देखते हैं इसका जो हमारा अगला सवाल है तो जो हमारे पास में अगला सवाल है वो हमारे पास में है उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम एन का एन को 450 सौ विलयन में घोला गया है अब इसकी हमें मोलरता की गणना करनी है और जो अगला सवाल है वो अगला सवाल है हमारे पास में सॉरी एक मिनट इसे सवाल को देखिएगा उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें पाँच ग्राम एन को चार सौ पचास मिली लीटर में गोला गया चलिए इस सवाल को भी मैं ही आपके कर देता हूँ बाकी दो सवाल दूँगा आपको करने के लिए अगर आप साथ कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सोल्यूसन तो आपको मिल जाएगा बाकी जो दो सवाल होंगे वे आपको करने पड़ेंगे तो यहाँ जो हमें मिला हुआ है वह हमें मिला हुआ है एन तो यहाँ एन हमारे पास में मिला है क्योंकि ये घुला हुआ है किसमें विलीन में तो यहाँ एन का भार आ जाएगा एन का भार कितना है सवाल में दिया हुआ है हमें कितना है पाँच ग्राम और इसका अनुभार और निकाल देंगे का अनुभार तो जब हम इसका अनुभार निकाल देंगे तो अनुभार निकालने पर इसका कैसे निकलेगा अनुभार इस टाइप से निकलेगा कितने हैं इसमें एक एन है एक ओ है और एक साथ में कौन है एच पैन तो का कितना हो जाएगा तेईस वो का कितना हो जाएगा सोलह एच का कितना हो जाएगा एक बराबर कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा फिर इसके बाद में हमें यहाँ विलियन मिला हुआ है विलियन का आयतन ठीक है यहाँ में मिला हुआ है विलियन का आयतन ठीक है तो विलियन का आयतन कितना मिला हुआ है यहाँ में विलियन का आयतन यहाँ हमें मिला हुआ है चार सौ पचास एम को लीटर में चेंज कर लेंगे तो चार सौ बटे एक ठीक है ये किसमें हो जाएगा हमारा लीटर में फॉर्मूला लगाएंगे किसका मोलरता का तो जो मोलरता होती है किसके बराबर होती है विलय का भार कितना है पाँच बटे विलय का अनुभार कितना है चालीस गुना लीटर में आयतन तो जो चार सौ पचास है वह नीचे आ जाएगा और जो एक हज़ार है वह कहाँ जाएगा ऊपर एक जीरो से एक जीरो दूसरी जीरो से दूसरी जीरो ठीक है इस टाइप से हमारा कट जाएगा पाँच से पैंतालीस को काट देंगे कितना जाएगा नौ तो कितना जाएगा ये दस बटे नोटबुक no 36. इस टाइप से आ जाएगा काट के और भी छोटा कर सकते हैं इसे ठीक है और भी ये छोटा हो जाएगा तो इसे काट देंगे दो से तो यहाँ कितना जाएगा पाँच और यहाँ कितना जाएगा 18. तो कितना जाएगा पाँच बटे 18. इस टाइप से हमारा आ जाएगा अब हम क्या काम करेंगे 18 से पाँच को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर इसमें आ जाएगा पॉइंट लगाएंगे जीरो लग जाएगी अट्ठारह दूनी छत्तीस अट्ठारह थी अच्छा तो जीरो आएगा मोल भर्ती लीटर ठीक है ये सवाल भी हमारा हो गया है चलिए अगला सवाल देखते हैं दो सवाल अब आपको करने हैं यह है हमारे पास में सवाल नंबर पाँच इस टाइप का मैंने एक सवाल कराया भी है आपको और यहाँ उसको फिर चेंज करेंगे और किसके साथ क्या लिख देंगे एम ठीक है तो ये हमारे पास में क्या है पाँच सौ एम है और मैंने आपको यहाँ ढाई रख के सवाल करवाया है टू ग्राम रख एम तो एल रख के अब आपको यहाँ पाँच सौ रख के सवाल करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस टाइप के सवाल करने आए हैं या नहीं चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की जो तो दूसरा सवाल है वो हमारे पास में दूसरा सवाल है सात दशमलव पाँच ग्राम के सी को पाँच सौ एम जल में घोला गया है विलयन की मोलरता क्या होगी ये सवाल भी आपको खुद ही करना है अब मैं आपको दोनों सवाल में समझा देता हूँ इसमें सोडियम क्लोराइड है एन जो विला है चलिए मिनट मारकर बदल लेते हैं ठीक है तो इसमें जो हमें मिला हुआ है वो कौन है वो है एन ए सी ये विलय है और जो जल है H2O कौन है विलायक यहाँ इस सी की बात करेंगे तो यहाँ सी एल क्या है विलय है और जो हमारे पास में जल है यहाँ जो हमें मिला हुआ है जल वो जल हमारा क्या है इसमें है विलयक है ठीक है तो एक तरफा जल है और दूसरी तरफ हमारे पास में यहाँ क्या है के सी का भार ये दे रखा है हमें अनुभार अगर आपको निकालना हो तो जो केक अनुभार होता है वो थर्टी होता है और सी का कितना हो जाएगा पैंतीस दशमलव पाँच एन एस का सोडियम क्लोराइड का पहले ही निकाल चुके हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए चलिए अब अगला टॉपिक करना शुरू करते हैं इसका ये एक सवाल और करना है इसमें सवाल ज़्यादा मिले हुए हैं तीन सवाल मिले हुए हैं ये सवाल तीसरा भी करना है वन पॉइंट फोर ग्राम एन को यहाँ एन हमारे पास में क्या है विलय ठीक है यहाँ जो एन है वो हमारे पास में क्या है विलय और इसे किस्में को लगाया है जल में तो यहाँ भी मोलरता की ही गणना हमें करनी है चलिए बात करेंगे अगले सवाल की इससे तो यहाँ अगला सवाल है पाँच दशमलव आठ ग्राम एच एन को पाँच सौ जल में घोला गया है विलियन की मोलरता क्या होगी ठीक है कोई और सवाल तो नहीं है एक बार देख लेते हैं नहीं कोई और सवाल नहीं है ये सवाल है जो चार सवाल हैं ये आपको करने हैं अगर ये सवाल आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे और मोलता का सवाल है तो आप मुझे मोलर मोलरिटी लिख और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट कोई सा भी जो आपसे नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी आप डाल के छोड़ सकते हैं जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको इनका सोल्यूशन करा दूंगा ठीक है और आप चाहें तो इनके जो आंसर है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैं आपको बता दूँगा कि इनका आंसर आपका सही आ रहा है या फिर गलत कोई से भी सवाल का आंसर होगा चाहे इस सवाल का हो इसका हो या इसका हो या, इसका हो, या फिर इसका हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि किस सवाल का आंसर क्या है ठीक है मोलेटी के लिए जो हमारे पास में मोलता है इसके लिए जब आप आंसर दोगे तो कैपिटल एम का यूज़ करेंगे कैपिटल एम Q1, Q2, Q3 इस टाइप से करके उसका आंसर देंगे बराबर करके ठीक है अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है मोललता अब हमने पढ़ लिया है मोलता मोलेटी अब हम पढ़ेंगे मोलेटी मोललता मोलरता में और मोललता में थोड़ा सा अंतर है ठीक है तो इस बार हम क्या काम करेंगे इस बार हम जो हमने पहले बनाया था उससे थोड़ा सा अलग हो जाएंगे ठीक है थोड़ा सा अलग रहेंगे इस बार हम दोबारे से बना रहे हैं ठीक है लगेगा आपको ऐसा ही है कि जैसे पहले के जैसा हो क्यों क्योंकि तरीका एक जैसा होना चाहिए ताकि हमें बार बार अलग से याद ना करना पड़े उस बार हमने लिया था एक लीटर अब हम लेंगे एक के ठीक है ये हमने क्या ले लिया इसमें एक के ठीक है और यहाँ याद रखिएगा जब हम विलियन की बात करेंगे तो हम ऐसा विलियन लेंगे जिसमें पदार्थ तो दो ही रहेंगे एक क्या रहेगा विलय और जो दूसरा पदार्थ है हमारे पास में वो हमारे पास में क्या रहेगा विलायन मगर इस बार हम इतना विलियन लेंगे ताकि जो विलायक है उसका भार कितना जाएगा एक के ठीक है विलायक का भार कितना आ जाएगा एक किलोग्राम तो इस बार ऐसा विलियन लेना है कि उसमें विलाय का भार कितना हो एक किलोग्राम तो यहाँ डेफिनेशन भी यही आएगी कि एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या मोलों की संख्या ठीक है विलय भी किसमें रहेगा मोलों की संख्या में और विलायक भी काहे में रहेगा मोलों की संख्या में क्यों क्योंकि पदार्थ को जो नापने का मात्रक होता है वो क्या होता है वो होता है मोल तो यहाँ हम जो मात्रक पद्धति लेंगे वो क्या लेंगे मोल ही लेंगे और यहाँ भी हमें ये बताना है कि एक के विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोल देते हैं मोललता ठीक है मोलिटी चलिएगा इसे इसकी डेफिनेशन को देखिएगा सही तरीके से जैसे कि हम इसे तरीके से देखते हैं लिखी हुई देखते हैं तो विलयन की मोललता की डेफिनेशन ये होगी एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मूलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं इसे स्मॉल इस मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं उसका मात्रक था मोल प्रति लीटर और जो मोललता है इसका मात्रक आएगा मोल प्रति किलोग्राम ठीक है मोल प्रति किलोग्राम यहाँ जो मात्रक होगा वो अलग हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है बस उससे क्या ऊपर वही आएगी विलय के पदार्थ के मोलों की संख्या पर नीचे जो होगा वो नीचे आ जाएगा क्या विलायक का भार किसमें किलोग्राम में क्यों क्योंकि हम बता रहे हैं कि एक किलोग्राम विलायक में कितने विलय घुले हुए हैं ठीक है फिर इसके बाद में थोड़ा सा फॉर्मूला फिर चेंज करेंगे और जो हमारे पास में मोलों की संख्या थी उसे चेंज कर देंगे किसमें विलय के भार में और विलय के अनुभार में क्यों क्योंकि किसी के अगर मोलों की संख्या निकालनी हो तो उसके भार को ग्राम में रख के उसके अनुभार से भाग दे देते हैं इससे क्या निकल जाती है उसके मोलों की संख्या चलिए अब इसके भी सवाल करना शुरू करते हैं तो इसका जो पहला सवाल है वो सवाल है इसका दस ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है विलयन की मोललता क्या होगी तो चलिए सवाल शुरू करते हैं एन का भार दिया हुआ है दस ग्राम और एन का अनुभार कितना होता है चालीस ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं इसमें क्यों क्योंकि जो हमारे पास में एन होता है इसमें एन का भार होता है थर्टी थ्री का होता है सोलह और एच का होता है वन बराबर कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा तो ये जो चालीस हमारा आया हुआ है ये इसका अनुभार है चलिए रीलाइन में देखते हैं यहाँ हमें विलायक का भार दिया हुआ है कितना 500 ग्राम जब 500 ग्राम को हम के में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा 1 बाई टू के क्यों क्योंकि जो ग्राम है अगर उसे हम किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो हमें उसे 1000 से भाग देना पड़ेगा तो बराबर कितना जाएगा एक बटे किलोग्राम चलिए अब यहाँ से भी आगे चलते हैं थोड़ा सा मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में बाहर ठीक है ये फॉर्मूला होता है अब हम क्या काम करेंगे जो हमारे पास में वैल्यू है फॉर्मूले में रख देंगे तो रख देंगे कितना भार बटे अनुभार गुना जो हमारे पास में किलोग्राम में इसका भार आया था वह किसका विलायक का तो एक बटे दो रखना था वो नीचे रहता तो दो कहाँ चला जाएगा ऊपर अगर समझ में नहीं आया तो समझिएगा ये रख दिया हमने दस बटे अब हमें किलोग्राम में भार कहाँ रखना था नीचे वन बाई टू. तो ये वन बाई टू कहां रहता नीचे तो चालीस की गुना वन में होती और ये टू कहाँ चला जाता ऊपर तो ये आपको कुछ ऐसे लिखना होता चालीस दस बटे चालीस गुना दो बटे ठीक है तो इसी से काट देंगे कितना जाएगा बीस जीरो से ज़ीरो कट जाएगी बराबर कितना जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव इस टाइप से ये जो हमारा पहला सवाल है इसका भी आंसर आ जाएगा चलिए बात करेंगे दूसरे सवाल की तो जो हमारे पास में इसका दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल है बीस प्रतिशत बाहरानुसार के, के जलीय विलियन की मूल्यता क्या होगी जब भी आपको कोई भी ऐसा प्रतिशत वाला सवाल मिले तो याद रखिएगा इस प्रतिशत वाले सवाल को करने के लिए जो आपके पास में कुल विलियन है ठीक है उस कुल विलियन को आप मान लीजिएगा 100 ग्राम या 100 ml मतलब 100 मान के चलिएगा क्यों क्योंकि अगर वे कह रहे हैं एक प्रतिशत तो बराबर हम यहाँ रख देंगे एक ग्राम कह रहे हैं दो तो हम यहाँ कितना रख देंगे दो ग्राम अगर किसी कारण उन्होंने कह दिया कि तेरह प्रतिशत तो हम बराबर कितना रख देंगे तेरह ग्राम यहाँ में कैलकुलेशन में या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने की यहाँ हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने की यहाँ हम कोई गलती नहीं करेंगे मिस्टेक नहीं होने की हमसे ठीक है तो आप कितना मान के चलेंगे जो भी प्रतिशत का सवाल होगा उसमें कितना मान लेंगे 100 ग्राम ठीक है किलो का होगा हंड्रेड किलो मान लीजिए इसी टाइप से हम उसे मान लेंगे चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं तो सवाल करने में सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो कुल भार है वो कितना है हंड्रेड ग्राम मिलियन का कुल भार कितना है 100 ग्राम अब हमें दिया हुआ है सवाल में 20 प्रतिशत कौन है उसमें से K2CO3 तो K2CO3 का भार कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा क्यों क्योंकि 20 प्रतिशत है ठीक है तो यहाँ K2CO3 का भार कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा और जल का भार कितना आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा क्यों क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है वो जल है ये लिखा हुआ है ना ये रा? जल ये विलियन अर्थात जल में घुला हुआ है कौन के तो अस्सी ग्राम किसका भार है के का अब अनुभार निकाल लेंगे किसका के का तो कितना आ जाएगा 138 क्यों क्योंकि दो गुना के का भार देखिएगा यहाँ दो गुना K का भार प्लस C का भार प्लस तीन गुना O का भार बराबर कितना आ जाएगा 138, थर्टी आ जाएगा ठीक है विलयन की मोललता हमें निकालनी है मोललता का फॉर्मूला होता है क्या विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलायक का के में भार अब हम क्या काम करेंगे इन्हें फॉर्मूले में रख देंगे तो फॉर्मूले में हमने रख दिया क्या भार बटे अनुभार और यहाँ देखिएगा हमें रखना है ये पड़ता कितना 80 बटे 1000 क्यों क्योंकि यहाँ हमें बेशक जल का भार मिला हुआ है ठीक है भार कितना मिला हुआ है 80 ग्राम मिला हुआ है अभी जो 80 ग्राम है ये लगभग बराबर होगा किसके 80 ml के तो हमने क्या काम करा यहाँ हमने अस्सी बटे एक कर दिया ताकि हमें इसका आयतन प्राप्त हो जाए डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1.81 मोल प्रति लीटर ठीक है चलिए अगले सवाल की बात करते हैं जो हमारे पास में अगला सवाल है वो है हमारे पास में यूरिया के दो जीरो दशमलव दो पाँच मोललता वाले 2.5 किलोग्राम जली विलियन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए तो हमें मोललता का फॉर्मूला पहले से ही पता है इसमें सवाल में जो मान हमें दिए हुए हैं उन्हें निकाल लीजिएगा यूरिया दिया हुआ है तो जो यूरिया है हमारे पास में वो हमारे पास में है विलय ठीक है जो यूरिया है हमारे पास में वो हमारे पास में क्या है इसमें विलय है ठीक है तो यूरिया का भार निकाल देंगे जो दिया हुआ है इसमें सॉरी यूरिया का भार ही हमें ज्ञात करना है यूरिया का भार कितना होता है यूरिया का भार जो इसमें हमें निकालना है चलिए कोई एक्यूरेट नहीं है अनुभार एक्यूरेट होता है बाहर नहीं तो इसमें हमने मान लिया है ये हमें ज्ञात करना है अब यूरिया का अनुभार निकाल लीजिएगा तो जो यूरिया का अनुभार होता है वो होता है साठ सिक्सटी होता है अनुभार निकाल लेंगे जो यूरिया का फॉर्मूला होता है समझ लीजिएगा एक मिनट वो होता है एन एच टू सी ओ टू ठीक है तो एन का कितना होता है फोर्टीन इंटू टू इंटू वन क्योंकि हाइड्रोजन का वन होता है प्लस कार्बन का बारह होता है ऑक्सीजन का सोलह होता है एन का चौदह होता है और प्लस में दो गुना ठीक है थीके? एक होता है बराबर कितना आ जाएगा सिक्सटी हो जाएगा साठ आ जाएगा फिर इसके बाद में हमें जो यहाँ मिला हुआ है वो हमें इसका मिला हुआ है मोलरता जो हमें मोलता दी हुई है वो मोललता हमें दी हुई है सवाल में कितनी जीरो दशमलव दो पाँच ठीक है और यहाँ हमें बाहर भी दिया हुआ है किसका विलियन का ठीक है तो यहाँ विलियन का भार आपको लगाना पड़ेगा लगभग विलायक के बाहर के बराबर तो यहाँ हम विलायक का भार लेंगे इसमें लगभग बराबर होगा ठीक है देखिएगा बाद में जब निकल के आएगा कितना अंतर होगा विलाय का बाहर कितना लेंगे हम यहाँ लगभग बराबर लेंगे टू पॉइंट फाइव के जी के ठीक है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है क्या वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में मोललता मोललता का तो मोललता किसके बराबर होती है मोललता का मान रख देंगे तुरंत ही जीरो दशमलव दो पाँच किसके बराबर होती है विलय का बाहर ग्राम में और विलाय का बाहर हम निकालना चाह रहे हैं इसमें एम सॉरी यहाँ एम की जगह डब्ल्यू लीजिएगा क्योंकि हम बाहर निकाल लें हैं नुभार ठीक है यहाँ डब्ल्यू लीजिएगा तो यहाँ से भी हमें ये W हटाना पड़ेगा और तभी जाके हमारा यहाँ से काम सही से चलेगा ठीक है चलिए तो यहाँ हम इसमें W लेंगे तो यहाँ बराबर हमारा कितना आ जाएगा W बटे इसका अनुभार अनुभार कितना आ गया है 60 गुना और जो हमारे पास में ये क्या है इसका 2.5 क्या है ये विलायक का भार तो यहाँ हम इसमें लेंगे दो तो डब्लू किसके बराबर आ जाएगा W बराबर आ जाएगा जीरो दशमलव दो पाँच गुना सिक्स जीरो इंटू टू पॉइंट फाइव के ठीक है इस टाइप से निकल के आ जाएगा या आप इसे लिख सकते थे इसमें दस की गुना कर देंगे तो ये भी हमारे पास मचा था टू पॉइंट फाइव इंटू सिक्स इंटू टू पॉइंट फाइव तो हम क्या काम करेंगे इसमें से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इसका आंसर है उसे हम यहां से निकाल देंगे तो आंसर निकालने के बाद में इसका कितना आ जाएगा चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर जो निकल के आएगा वो इसका आंसर गुणा भाग करने से ही निकल के आए आएगा <coughs> एक बार इसकी गुणा कर लेते हैं ठीक है तो पच्चीस की में करेंगे तो ये आ जाएगा टू पहले टू पॉइंट फाइव की कर लेंगे ठीक है पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस और पच्चीस दूनी पचास ठीक है पचास और तो ये कितना आ जाएगा छः सौ पच्चीस तो छः दशमलव दो पाँच की गुना किस में कर देंगे छः में कर देंगे और छः पंजे तीस छः धूनी बारह और तीन पंद्रह एक आ जाएगा छः छः छत्तीस और एक सैंतीस कितने पर है दो पे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में यह आ जाएगा सैंतीस दशमलव पाँच ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास में यूरिया का भार। चलिए अब देखते हैं है इसका अगला सवाल तो जो हमारे पास में इसका अगला सवाल है वो है 10 ग्राम के एच को 500 ग्राम जल में घोला गया है विलयन की मूललता क्या होगी और जो दूसरा सवाल है इससे अगला वो है हमारे पास में 2.5 ग्राम सीरे को पिछहत्तर ग्राम व्यंजिन में घोला गया है विलियन की मूललता क्या होगी ये दो सवाल आपको करने हैं अगर आपसे सवाल नहीं होते हैं या आप सवाल का आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और स्मॉल एम लिख के क्वेश्चन नंबर फोर आंसर दीजिएगा और एम क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ भी लिख के आप इसमें आंसर दीजिएगा मैं आपका आंसर बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब के बटन को ना दबाइएगा और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो के नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा और जो साथ में उसके बेल आइकन है बेल आइकन को दबा के ओल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो और वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू